इंटरेस्टिंग सनफेक्ट अगर सूरज ना होता होता तो शायद आज पृथ्वी भी प्रकाशमान ना होती लेकिन उतना ही डर लगता है जब कोई आने वाली भविष्य की घटनाओं के बारे में बताता है आये दोस्तों आज हम जानते हैं धरती को प्रकाशित करने वाले सूर्य के बारे में कुछ अनसुनी बातें जो शायद आपको हैरान कर देगी वन धरती ऐसी लगभग सूर्य वन गुना ज्यादा बड़ा है टू जब तक आप ये लाइन पढ़ोगे तब तक आपके शरीर में सूर्य द्वारा छोड़े गए 800 अरब से ज्यादा न्यूट्रॉन गुजर चुके होंगे 3. सूरज की रोशनी धरती पर आने में 8 मिनट 17 सेकंड का समय लेता है 4. संस्कृत में सूर्य के 108 नाम है 5. यदि आप सूर्य की सतह से धरती पर आते हो तो आपके रॉकेट की शुरुआती गति 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी